ये रहेगा सुबह ग्यारह बजकर छप्पन मिनट से एक बजकर चौबीस मिनट तक की कहीं कहीं 12 से 1.30 बजे तक की लिखा रहता है लेकिन देखिए पंचांग लखनऊ क्षेत्र को मानक मानकर के बनाया गया है इसलिए ग्यारह बजकर छप्पन मिनट से एक बजकर चौबीस मिनट तक राहु काल रहेगा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 आज आपके काम में जीवन साथी की सलाह बहुत फायदेमंद सिद्ध होगी बिजनेस में नई परियोजनाओं को लागू करने से आज आपको फायदा हो सकता है माता पिता की सेहत में सुधार होगा ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ बहस करने से आज आपको बचना चाहिए आज स्थितियाँ आपके विपरीत हो सकती हैं उच्चाधिकारियों से आज आपको अपने संबंध बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए कोई दोस्त आज आपकी मदद कर सकता है किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से भी आज आपकी मुलाकात संभव है कोशिश क्या करना है आज उपाय क्या करना है तो आज दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ करना है और दुर्गा जी के समक्ष देसी घी का एक दीपक आज आपको जलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा तो दर्शकों ये तो था हमारा राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए है तो सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए वीडियो को जमकर शेयर कीजिए